3 2 1 रे कहीं रे अब्बा अब्बा तो दस छोरी रे दल दु कर देना ताली एक तो भूख दस छोरी रे दल दु कर देना ताली वो नदी देख तो दिलकशती मुसीबत सरे नान क्या ती मिटिया वाला खांडिया वाल, वाला चूड़ी वाला